तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन लॉक हो गया ठीक है मेरा 3D और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे। तो सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम बात करेंगे थ्री टेक्स्ट कैसे लगाते हैं ठीक है ठीके? आपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में तो सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी पे क्लिक करना है एक बार एक बार क्लिक करने के बाद आपको होम पर चले जाना है होम पर आने के बाद यहाँ पे फाइनड सेटिंग आपको दिख जाएगा सच बार यहाँ पे आपको सर्च करना है स्क्रीन स्क्रीन सेवर ठीक है स्क्रीन सेवर यहाँ पे आपको चेंज स्क्रीन सेवर आपको देखने को मिल जाएगा इस पे इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पे आपको नॉन है इसको थ्री टेक्स्ट कर देना है ठीक है अपने हिसाब से आप लगा लेना जो भी लगाना चाहते हो तो मैं थ्री टेक्स्ट टैक्स लगाता हूँ थ्री डी लगाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग पर क्लिक करना है यहाँ पे आपको विंडोज़ को हटा कर जो भी अपना नाम है या फिर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है ठीक है यहाँ से आप फंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आप फंड में रखना चाहते हो तो मैं एक फंड चूज कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ से अब बोल्ड भी कर सकते हो ठीक है बोल्ड कर इसे ओके okay कर सकते हो ठीक है ओके करने के बाद यहाँ पे इसको सीशो के ऑप्शन पे क्लिक करना है एक बार सीशो पे क्लिक कर देना है करने के बाद यहाँ पे आपको और कोई भी सेटिंग नहीं करना है आपको ओके okay पे क्लिक कर देना है ओके पे, पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अप्लाई के ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन आएगा ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है ये टेक्स्ट लग गया ठीक है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसा कैसे काम कर रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन लॉक हो गया ठीक है मेरा थ्री ऑप्शन आ गया काम कर... मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए काम कर रहे और वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो तो चैनल सब्सक्राइब कर कर कर दे लाइक कर दे कर दे लाइक और शेयर ठीक है तो फिर मिलते हैं नए के साथ तब तक लिए जय हिंद जय जै भारत और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए जय हिंद दोस्तों control khatam <laughs> <verschilario> <ugenic Ausw parameters> <g maths> <health> bye bye tata good bye gaya बेटे, बेटे वाह वाह, वाह वो बड़े ड्राइवर भाई, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल <laughs> देखा अपने लापरवाही का नतीजा है कजब बेच जाती है मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सा लो हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह नहीं <laughs> <laughs> <laughs> मरना है क्या भोसड़ी के मरना है तेरे को डर नहीं लगता <laughs> अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अरे कहना क्या चाहते हो? हम है तेरे बाप को चल। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है, पर ऑपरेशन से डरता हूँ बवासीर एक आम समस्या है इसके लिए वैद ऋषि का अर्षकल एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है बेटा, तुमसे ना हो पाए बहुत तेज हो रहा है साले को भम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो चीटिंग करता है तू। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, चीटिंग करता है तू। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> समझ के बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार <laughs> इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार